हेलो गाइस मैं हूं अनय और आप देख रहे हैं मिस्टर चैनल और आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक तड़कता भड़कता एक्सपेरिमेंट <laughs> जो कि एक्सपेरिमेंट तो नहीं है आपको हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में हमारी प्यारी सी साइकिल से मिलवाया ही था देखिए मैं आपको मिलवाता हूं एक बार हाँ मैंने आपको मिलवाया था पिछले वाले वीडियो में हमारी तड़कती भड़कती साइकिल को हमने बना दी थी नोटे वाली साइकिल और अब है हमारे पास ये जो कि कुछ ज़्यादा ही भारी है ये हम अब मां के ऊपर तो अच्छे से इस रस्सी को बांधेंगे गाइस अच्छे से बांधेंगे क्योंकि पिछली बार टूट गई थी हम कर रहे थे तब एक्सपेरिमेंट सो तो गाइस अब करते हैं सेटअप तो थोड़ा पीछे ले एकदम स्पीड से है। क्या होता मुझे नहीं लगता है क्योंकि हम लड़ भी जाएंगे होने हुए रे वाला तो हमलाई के अच्छा है ये कुछ कुछ कर रहा था भाई कुछ बोल रहा था चलो छोड़ ले रहा हूं सो गाय so अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए या आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइए मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा ओके गाय